मैं खेल रहा हूँ लड़की के साथ सामने चार बंदे जोर जो पुल आया हूँ लड़की को इंप्रेस करने का आ, किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है सामने पड़ी है यार साले जलते हैं आई वाले मेरे से नीचे दिया मेरे को ऐसी को कर पटाएगा पहले गई। और तेरे की किसी ने नोक किया तीन मंडे और बच्चे है भी पप्पी, अभी तो दो बंदे और बच्चे हुए भाई मारेगा जरा भाई, से में भाई, एमो भाई। हो गए। लड़की से बार से, से अपन। ये वाला क्लास देखने के बाद में लड़की हो गई इंटरेस्ट बोल दी शादी करूंगी तो फिर करूंगी मैं जा रहा हूँ शादी करने के लिए भाई आपको लाइक और सब्सक्राइब और भंडारी मार जाना जरूर